इस राजा ने तंबाकू पीना अनिवार्य कर दिया था आपके पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सिकंदर ऑप्शन बी पीटर दी ग्रेट ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है